जरूरी बात करेंगे हमें दो मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। ना जी ना इस गांव के सरपंच का, का है हूँ पूरी बात जानने का अधिकार हूँ now go no, no.